पता इस दुनिया से परे एक और दुनिया है जहां सब कुछ ठहरा हुआ है बस वहां जाने को दिल करता है आई अंदर से आवाज कहीं और है तेरा घर सच झूठ से परे जहाँ मौत का ना डर नूर की चदर में सो रही रूहें जहाँ सीने से लगा के मोला चूमता है सर अब वो भी परेशान देख दुनिया के हालात बांता रब बांटा बाटी जात बात रो रहा देख बहती खून की नदियां के कैसे इंसान इंसान को रहा काट क्या मार के किसी को आज तक रख दिखा है क्या वो भी तेरी तरह चंद पैसों है। is love, love is God, ने कहा है है लव गॉड ने था जिन प्रेम किया ही बानी में लिखा है। फिर क्यों धर्मों को लेके नफरत के बीज बो रहे हैं हिंदू मुसलमान कट्टरता की मैयत पे सो रहे हैं गुरुओं पीरों ने हमें लड़ना नहीं सिखाया फिर क्यों सबसे ज्यादा धर्मों पे ही कतले आम हो रहे हैं पद करो खुद को की, खाने की साधुओं का खाने की की की से तक झूठ और बातें बातें करता करता है है तू तू सच्चे सच्चे रब को पाने की। सच्चे, रब को को ले जा कहीं दूर खुदा कर दे मुझको मुझसे जुदा तड़पूं तड़पे मेरी रू टूट चुका नहीं मिलता तू ले जा कहीं दूर खुदा को मुझसे जुदा तड़पू तड़पे मेरी रूट टूट चुका मिल के दिन सब का लेखा देखा जाएगा काले कर्मों का फल तुझे नरक में फेंका जाएगा सुपान तेरी खींच लेंगे चमड़ी जाएगी चाहू ना लगे दिल का फिर दुनिया मौत की सेज पे सोना में चाहू ये बात उन बच्चों की जिन्होंने हर एक टेररिस्ट अटैक में अपने माँ बाप को खो दिया मरी हुई मां का दूध पीते पीते सो चुके हैं खून निकले आंखों से इस तक रो चुके हैं क्या रह गया उन बच्चों का बचपन अभी चलना भी ना सीखा और अनाथ हो चुके हैं जान ले ली जाती है यहाँ जिसने प्यार किया बड़ा इतिहास तो मैंने ऐतवार किया हीर रंजा ससी पुनु कोई ना बचा इंसान तो क्या लोगों ने ईसा को भी मार दिया <laughs> खुदा कर दे मुझको मुझसे जुदा तड़पू तड़पे मेरी रूट टूट चुका मिलता तू ले जा दूर खुदा कर दे मुझको मुझसे जुदा तड़पू तड़पे मेरी रूट टूट चुका मिलता तू